नमस्कार गुड मॉर्निंग जोहार एजुकेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस चैनल पर मुझे सुन रहे हैं आज शिक्षक दिवस है और मेरी ओर से आप सभी का शिक्षक दिवस की ढेरों बधाइयाँ और शुभकामनाएँ काफ़ी दिनों से मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि बच्चों का समग्र विकास अर्थात उनके शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर उनके निर्मल मन में आत्मविश्वास जगाने बुद्धि को स्वच्छ दिल में स्नेह तथा आत्मिक समान की भावना के विकास के द्वारा उनके चेहरे पर मुस्कान तथा व्यवहार में मासूमियत को बनाए रखने के कार्यों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े तमाम महानुभावों को चाहे उनके माता पिता हों बाल विकास से संबंधित नीतियों को बनाने वाले माननीय नीति निर्माता हों या इन नीतियों को लागू करने वाले आदरणीय अधिकारीगण तथा बच्चों को इन सब के लिए उचित वातावरण उपलब्ध कराने वाले हम शिक्षक या इस पेशे में रुचि रखने वाले भावी शिक्षक साथियों सभी को अपने बचपन से जुड़कर बचपन की यादों को ताजा करते हुए बाल विकास तथा शिक्षा शास्त्र की बारूकियों को अनुभव करने और समझने की आवश्यकता है तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि शिक्षक दिवस के इस अवसर पर बच्चों का स्नेह और आदर तथा अभिभावकों का विश्वास जो हमारे प्रति रहा है कि रिटर्न में उनकी देखभाल के उद्देश्य एवं सहभागिता की भावना के साथ एजुकेयर से जुड़कर हम अपनी व्यावसायिक कुशलता को निरंतर समृद्ध करने का प्रयास करें तो आइए शामिल होते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित एजुकेयर की इस पहली डिजी क्लास में जब हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं तो इसमें मुख्यतः चार शब्द आते हैं बाल विकास शिक्षा और शास्त्र तो इस पूरे अवधारणा को या पूरे विषय वस्तु को समझने के लिए कि बच्चे कैसे सीखते हैं जिसे हम पेडागोजी के नाम से भी जानते हैं या बच्चों का विकास क्या है बच्चों का समग्र विकास क्या है इन सारी चीज़ों को समझने के पहले सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें इस बात को जानना जरूरी है कि हमारी नज़र में हम अब तक बच्चे को किस रूप में देखते हैं आखिर हमारी नज़रों में हमारी सोच में बच्चे क्या हैं हमारे विद्यालय के हम शिक्षक और कुछ अभिभावक गण इस विषय वस्तु पर एक चर्चा में शामिल हैं आप भी इस चर्चा को ध्यान से सुनिए और उस पर खुले मन से अपना अपनी राय दीजिए आपका सुझाव हमें इस चर्चा को और समृद्ध करने में सहायक होगा और इन चर्चा के बाद जो एक सामूहिक हमारी सोच बनेगी कि बच्चे क्या हैं उससे मैं भी लाभान्वित होऊंगा मेरे विद्यालय के शिक्षक लाभान्वित होंगे कई माता पिता लाभान्वित होंगे तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हम शिक्षकों और अभिभावकों की चर्चा में शब्द हैं बाल विकास और तो ये पूरे को मिला करके हम लोग कहते हैं ठीक है पेटाबोजी मतलब बच्चे कैसे सीखते हैं है। तो बच्चे कैसे सीखते हैं ये जानने के पहले हमको जानना होगा कि बच्चे आखिर हैं क्या ये बच्चों को तो हम लोग जानने वो क्या है किस रूप में बच्चों को <coughs> उसके बाद उनका विकास क्या है और फिर शिक्षा क्या है एक एक करके हम लोग आए सबसे पहले सुन सकते हैं बच्चे क्या बच्चों को हम किस रूप में देते भी भी भी बनाया जा सकता है बच्चों बच्चों को को कुछ बना बना सकते सकते हैं हैं मतलब गीली मिट्टी मानने के पीछे जो सोच है वो ये है कि जिस तरह गीली मिट्टी से हम कुछ भी बना सकते हैं घास बना सकते हैं घड़ा बना सकते हैं इस तरह बच्चे को भी हम कुछ भी बना सकते हैं जो बना सकते है चलिए और क्या आसते हैं गीली मिट्टी के अलावा बच्चे इस रूप में आ हैं पूरा पूरा पूरा को भी जैसे मतलब तो जो चाहे बच्चे के दिमाग में पीछे का सोच क्या एक बच्चों को और सुख में लेते हैं अब तक हमारी जो सोच है जो समझ है बर्तर। खाली, बर्तर या खाली खाली दिक खाली ठीक है है? ना? पीछे क्या सोच है? ए, मैं जो चाहे भर भर मतलब कि उसके अंदर कुछ नहीं, नहीं। बिल्कुल खाली खाली। है, मतलब कि बच्चे कुछ नहीं जानते कुछ नहीं जानते। या, पास या नहीं? नहीं। और कुछ हैं बच्चे को खिलौना के सोच में आपकी भावना अगर खिलौना क्या सिद्धांत उसके पीछे कौन सा हमारी मान्यता काम कर रही है जो हम बच्चे को खिलौना मांगे बढ़ाने सोचने कल्पना कल्पना करने कर्पना करने मतलब क्या बच्चे कल्पना कर करते हैं सोचते हैं कि हम खिलौना तो सोचता नहीं ना कल्पना करता खिलौने के बारे अच्छा बच्चे सोचे नहीं खिलौना खिलौना क्यों मामा है किरौना में क्या विशेषता आपको चाबी भर दिए जैसा नाच रहा जब तक चाबी है तब तक वो नाच, नाच रहा ताली बजा रहा है चाबी बंद हो गया तो तो इसका मतलब क्या हो गया जब तक हम उसको जितना सिखाए हैं उतना काम करेगा उसके अलावा और कुछ ठीक है ना ये नहीं आया देखें मान्यता आज तक हम लोग बच्चों को इस रूप में लेते हैं अब देखते हैं कि एक शिक्षक को बच्चों को क्या इसी रूप में लेना है या बच्चे इसके अलावा भी कुछ हैं एक एक करके हम लोग अपनी मान्यता को पहले जाँच कर जो भी वैज्ञानिक खोज भी होते हैं वो इसी तरह होते हैं पहले क्या होता है हाइपोथेसिस होता है पहले किसी चीज़ को मान लेते हैं कि ये है इसका कारण ये हो सकता है ये हो सकता है ये हो सकता है ये हो सकता है उसके बाद एक एक कारण को क्या करते हैं वो जाँच कर और जो कारण सही निकलता है उसको रिजेक्ट करते जाते हैं और उसमें जो सही निकलता है तो लास्ट में कंक्यूजन पर पहुँचते हैं कि हाँ ये जो तो हुआ ये जो तो हुआ, तो हुआ इसके कारण तो अब हम लोग एक एक जो चारों पॉइंट्स हैं बच्चों के बारे में हमारी जो सोच है उसको एक एक करके हम लोग क्या करते जाते हैं जैसे गीली मिट्टी मांगते हैं गीली मिट्टी के पहले स... पीछे सोच जाते हैं कि कुछ भी बना सकते हैं बच्चों को जो चाहे हम बना सकते हैं अब मेरा एक सवाल है कि आप के यहाँ दो बच्चे हैं आप के दो बच्चे हैं या मेरे विद्यालय में एक बच्चे लगभग तो हम लोग तो चाहते हैं कि मेरा हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर या अच्छा ए एस ऑफिसर बन जाए तो क्या हम लोग बना पाते हैं नहीं, नहीं है। प्रयास तो करते हैं हम सबको बराबर तरह से शिक्षा देते हैं घर के भी बच्चों को बराबर एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं एक ही तरह की सुविधाएं देते हैं ट्यूशन देते हैं लेकिन क्या सभी बच्चे एक ही जगह पहुँचते हैं या अलग हमारे हमारा लाख प्रयास करने के बाद भी वो बच्चे एक जैसा नहीं बनते तो हमारे लोग मानता है बच्चे गीली मिट्टी के समान है जैसे गीली मिट्टी को जो चाहे जो जैसा तो बर्तन देना चाहे तो क्या हम बच्चों को दे सकते हैं वैसा नहीं ऐसा भाव ऐसा हुआ है नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं? हुआ ऐसा हर बच्चे को तो ये ये पर सोचे मतलब बच्चे गीली मिट्टी से हटके सिर्फ गीली मिट्टी नहीं है उसके अलावा उनमें भी कुछ तो है दूसरी बात पर आते हैं पूरा काली काल मतलब कि जो चाहें खासी खा सकते हैं जैसे बच्चे को हम चाहें कुछ बच्चे जिसे कि मैट्रिक करने के बाद साइंस स्ट्रीम में जाते हैं कुछ आर्ट्स स्ट्रीम में जाते हैं कुछ कॉमर्स में जाते हैं लेकिन हम चाहें कि नहीं सब बच्चा साइंस सीख सकता है सभी बच्चे कॉमर्स सीख सकते हैं सभी बच्चे आर्ट्स सीख सकते हैं तो क्या यह संभव है ऐसा होता है नहीं होता नहीं हो नहीं। नहीं सकता हर बच्चे के अंदर प्रतिभा है अलग तरह की अलग हर, हर बच्चे बच्चे जैसे एक बच्चे का चेहरा दूसरे बच्चे से नहीं मिलता नहीं एक बच्चे का अंगूठा दूसरे बच्चे से नहीं मिलता है दूसरी तरह उसके अंदर जो प्रतिभा है वो भी अलग अलग है क्षमताएँ अलग अलग है हर बच्चे की रुचि अलग अलग है तो हम क्यों ऐसा कहते हैं कि दो चाहे सो सिखा सकते हैं ये भी पैदा करता है कि ऐसा संभव नहीं चाहिए हम सभी बच्चे को जो चाहे वही सिखा सकते नहीं हैं नहीं है। नहीं। नहीं है। हर बच्चे की क्षमता रुचि बिल्कुल अलग है तो हम वो चाहें सबको एक समान नहीं देते हैं तीसरी मान्यता हमारे लिए खाली घड़ा बच्चे खाली घड़े के समान है खाली घड़ा कर मतलब की बिल्कुल खाली है उसके अंदर हम जो चाहे पानी डालें शर्बत डालें दूध डालें हम ठीक है तो अब इस पर हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ तक सही है, है? खाली खड़ा करने का मतलब है कि मेरे विद्यालय में जब पाँच साल का बच्चा आता है पहली क्लास में एन के जी में एडमिशन कराता है उस समय वो कुछ नहीं था कुछ भी कुछ नहीं था अब हम आपसे पूछते हैं कि जब वो आपके यहाँ आता है आप उससे पूछते तुम्हारा नाम क्या है नाम बताता है कि नहीं, नहीं। पिताजी का नाम क्या है बताता है उसको किसी ने सिखाया हाँ उसे पूछते हैं ये क्या है दिखा करके अगर आप स्कूल का टेबल का तो बताएगा कि नहीं कि टेबल है कुर्सी को आगे। बताएगा कुर्सी है बताता है आप दस्त हो जानवर का नाम पूछिए वो बताएगा चित्र दिखा दीजिए उस जानवर का चित्र बता देगा यहाँ तक कि अगर जो बच्चे गांव में रहते हैं वो जंगली जगह में रहते हैं बहुत सा पेड़ों की पहचान हम नहीं कर पाते लेकिन वो पहचान वो बच्चे जानवर के पैर का निशान को देख करके बता देंगे कि ये किसान नहीं बता सकते हैं बिल्कुल तो वो खाली <laughs> कुछ नहीं जानते हैं है, है? है बच्चों सही नहीं जानते। नहीं, जानते। नहीं।, जानते। नहीं जानते। इसमें नाम बता दे रहा है हम स्कूल में क्या सिखाते हैं उसको ग्रामर सिखाते हैं लेकिन हिंदी का तो पूरा वो एक तरह से वो पूरी तरह से दक्ष होता है अपनी अपनी बातों को अपनी भाषा में अच्छी तरह से आपको बता सकता है और आपकी बात को समझ ले सकता समझ ले रहा है कि नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो बिल्कुल खाली खड़ा है आप पूछिए कि दो तीन कितना होता है बाबू जोड़ दिया बता देगा पाँच तो हो होता है तो कैसे कहेंगे खाली घड़ा है नहीं कह सकते हैं चलिए अली मान्यता हमारा ये खिलौना है जितना सिखाएंगे उतना ही वो चलेगा उसके बाद वो जाए जैसे कंप्यूटर में होता है रोबोट में होता है जो प्रोग्रामिंग करेंगे उतना करेगा उसके अलावा और कुछ नहीं, है। नहीं है। अगर प्रोग्रामिंग कर देंगे यहाँ से जा करके आपको खाली पकड़ा देगा तो आप ही को खाली कमरा यहाँ अगर आप यहाँ तो यहाँ बच्चा होगा वो आप नहीं है वो अपना बच्ची लगाता है लेकिन खिलौना नहीं लगाएंगे खिलौना जितना चारी भरेंगे उधर जाएगा वहाँ जाकर रुक जाएगा लेकिन बच्चा ऐसा ही होता है वो खिलौना ही नहीं है आप जो सिखाते हैं ना उससे पढ़ता है पढ़ता है वो अपने तरह से सीखता है।, है जैसे आपको एक वाक्य बताता हूँ मैं बिहार में पर जब हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे दूसरे तीसरे चौथे पांचवें में पढ़ते हैं तो एक वाक्य सुनाया था अमिताभ बच्चन का अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन एक बार अपने दोनों बेटों को बैठा करके कुछ समझा रहे थे और उन्होंने कहा कि बच्चे देखो अगर तेरे मन की हो तो अच्छा ना हो तो और भी अच्छा मैंने क्या कहा तेरे मन के दो तो अच्छा ना, ना हो तो और भी अच्छा बच्चों ने ध्यान से सुना तीन चार दिन बीत गया तो ऐसे ही कुछ बात हुआ तो मेरी बच्ची बोलती है पापा उस दिन आप क्या बोले थे बोले क्या बोले तुम तो ही लोग बोलो वो अमिताभ बच्चन के बारे में आप क्या बोले थे तो बोले आपको तो याद नहीं तुम बताओ एक बोलती है कि आप बोले थे कि पूरा मिले तो अच्छा आधा मिले और तो और अच्छा, अच्छा, लेकिन हम उसकी बात को नहीं काटा। मतलब ऐसा बोले थे तो, तो दूसर की बेटी बोलती है नहीं नहीं ऐसा तो थोड़े पापा बोले थे पापा बोले थे कि अभी मिले तो अच्छा बाद में मिले तो और अगर बेटा बोलता है ना ये नहीं बोले थे पापा बोले थे नया मिले तो अच्छा पुराना मिले तो और भी अच्छा क्या <laughs> बताइए तो ये तो खाली तो हम लोग कहते हैं कि जो सीखाते हैं वही बच्चा सीखता है नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं और आगे से। तो हम लोग पूरा मुबावटे में बच्चे खोजबीन होते हैं आपने क्लास में अगर 40 बच्चे बैठे हैं न तो आप 40 40 बात अगर बोलते हैं तो 40 बच्चा उसको चालीस तरह से लेता है और अपने तरह से अपने माइंड में फीड करता है इसमें क्या बने हाँ इसमें क्या बने वो थी? क्या करता है ऐसा क्यों हुआ वो बोलिए क्यों एक आधा से जोड़ दिया एक पुराना नया से जोड़ दिया और एक अभी और बाद से, से जोड़ दिया क्योंकि मेरा कहना था कि तेरे मन की बात अच्छा मन की बात को उस रूप में बच्चा नहीं लिया वो अपने तरह से चारों बच्चा अपने तरह से तीनों बच्चा तरसे अपने तरह से लिया है तो वो चीज क्लास में होता है वो खिलाना जैसा नहीं है सब खिलौना में एक लगा हुआ घुमा के तो सब उतने दूर जा रुक गया तो वहाँ पर क्या काम करना था उन बच्चों के साथ उनका पूर्व का अनुभव कभी तो कोई चीज आधा मिला होगा तो उसका में बैठा हुआ होगा कि अरे हमको आधा मिला कभी उस दोनों तीनों बच्चों में से पीछे पुराना मिल गया होगा किसी कारण से वो मन में उसका बैठा हुआ होगा और किसी को कोई चीज पूरा अभी नहीं मिला होगा तो उसको लग रहा होगा तो उसने उस चीज से जोड़ा है हाँ। हाँ। हाँ। ना लेकिन मेरा कहना क्या था दूसरा था लेकिन तब तो क्या अगर मार्किंग करना होगा किस बच्चा को फेल करें किसको पास करें कि तीनों को पास करेंगे तीनों को पास करेंगे तो क्या करना होगा एक टीचर जो अच्छा जानकार होगा की तो बच्चे क्या है बाल विकास के बारे में या पेड़ा गोदे की बच्चे कैसे सीखते हैं तीनों, तो तीनों को क्या करेगा तीनों को फेल करेगा की तीनों को पास करेगा की क्या करेगा कितना नंबर देगा दस नंबर में अरे चौथा बच्चा वो रट के बोल देगा थी आप बोले थे सर कि तुम्हारे मन की हो तो अच्छा और तुम्हारे मन की ना हो तो अच्छा तो किसको दस नंबर दस दीजिएगा किसको नौ दीजिएगा किसको किसी अगर काटना तो थोड़ा देर रुकना होगा की वो जो बोल रहा है की रट के बोल रहा है हो सकता है की रटके लेकिन अभी होता क्या है तो पूरा एकदम हु बहु बात लिखा थी इसको दस बाय दस और इसको दो पाँच नंबर दो चार नंबर लेकिन अगर लेकिन यदि हम लोग समझ की बात करें कि कौन बच्चा समझ रहा है तो है थो थो थो थो वो तीन बच्चा है तीन लेकिन जो बच्चा बोल रहा है वो समझा नहीं है जिंदगी में उसका वो यूज नहीं कर पा तो अब आगे आने की बात है बच्चे काम वो समझ गए है बिजली जब आती है, नहीं नहीं। है। तो एक आप छोटे से फैन में लगा दीजिए उसी बिजली को उसी बिजली को एक बड़ा सा फैन में लगा दीजिए उसी बिजली को हीटर में डाल दीजिए उसी बिजली को कूलर में डाल दीजिए कूलर में जा रहा है वही बिजली तो क्या रहा है ठंडक पैदा कर रहा है हीटर में जा रहा है तो गर्म गर्मी, गर्मी पैदा कर रहा है छोटा पंखा में जा रहा है तो छोटे दूध में हवा दे रहा है बड़े पंखे में जा रहा है बिजली वही है तो हम जो बच्चे को जानते है की बच्चा बिल्कुल छोटा है अभी क्या जान रहा है ऐसी बात नहीं है हमारे अंदर जो है वही चीज बच्चे के अंदर भी है अंतर क्या है मेरा शरीर बड़ा है मेरी इंद्रिया बड़ी है मेरा जो मशीन है ना ये बेलचा क्या है बेलचा है तरह तो जैसे मशीन होता इसे देता है इसे तो है? है। अंदर तो जो ये है जो ये सब चला रहा है जो मेरे हाथों को चला रहा है जो मेरे पैरों को चला रहा है जो मेरे कान को कान के द्वारा सुन रहा है जो मेरे ई आख के द्वारा देख रहा है मुँह के द्वारा खा रहा है है हाँ ना जो स्पीकर से बोल रहा है वो कौन है वो कौन है वो सेम है हमारे अंदर भी वही है बच्चे के अंदर आज जन्म लिया है उसके अंदर भी वही है वो है ऊर्जा जो ऊर्जा जैसे बिजली है अब ये दोनों ऊर्जा में क्या अंतर है बिजली वाले जो ऊर्जा है वो सोच समझ नहीं सकता उसके अंदर थिंकिंग नहीं है सोच नहीं सकता है उसके अंदर बुद्धि नहीं है वो अपने से निर्णय नहीं ले सकता लेकिन हमारे इस शरीर के अंदर जो ऊर्जा है वो ऊर्जा के अंदर सोचने के समझने की बुद्धि है और उसको याद रखने की क्षमता है ठीक है ना यही अंतर है तो बच्चे क्या हैं अब एक मैं उदाहरण देता हूँ तो अपनी तरफ से देता हूँ उसको भी चेक कर पूरी तरह से मान लेना है कि बच्चे बीज के समान है इसके पीछे मान्यता क्या है छोटा <laughs> अगर मिट्टी में डालते हैं है? है। है। तो बच्चा एक दीज दीज के उसको क्या बनना है है। इंजीनियर जिस बच्चे को बनना है टीचर बनना है उस बीज में फीड है हमारी आवश्यकता क्या है आम वाला बीज है तो आम ओसा मिट्टी में लगाओ जहां वो आम तो है। उस तरह का पानी दो हवा दो जो चना है अब चना को लगा दीजिएगा अब पूरा पानी पानी कादो, कादो करके कादो करके लगा दीजिएगा गेहूँ चना होगा अब धनुआ में जाके प्राण में जाके छेद दीजिएगा होगा तो पहचानना पड़ेगा ना बीज क्या है इस बीज के अंदर क्या है तो एक शिक्षक के रूप में पहले बच्चों को आपको होगा कि इस बच्चे में कौन सी प्रतिभा किस ओर जा सकता है उसके अनुसार खाद पानी मिट्टी तो क्या माने एक बच्चे को गीली मिट्टी माने कोरा को माने खाली भरा माने खिलौना माने कि बीज माने बीज के समान है खिलौने के समान मैं आपकी बात काटने जाऊंगा अब अपने बात को बनवा भी नहीं रखते आप बिल्कुल तो ये बोल रहे हैं ये भी गलत तर्क साथ में जैसे मैं तर्क के साथ में बात रखा आप तर्क साथ के आप कैसे कर सकते तो क्योंकि सारे सहमति है उसको तो जैसे बनाएंगे सर डॉक्टर अगर डॉक्टर का डॉक्टर के जैसे उसको बनाना टीचर के जैसे ही बनाना उसको है करना तो उस किसान के तरह होना चाहिए जो अपने बच्चों को पहचान से किस बच्चे तो हमें क्या एक बच्चे को बीज के समान मान सकते है बीज बच्चे ठीक है बीज के समान है लेकिन बीज से भी कुछ अलग है मैं अपनी बात काट रहा मैं अपनी बात को ही काट रहा हूँ क्या अलग है जिस तरह से एक छोटा बीज में एक छोटा बीज में सारे गुण हैं, उसके अंदर की वो बड़ा वृक्ष बन सकता है बीज है छोटा सा जो कि सोया हुआ है जब तक उसको मिट्टी में नहीं डालेंगे उचित हाँ नमी हवा नहीं देंगे तब तक उसका अंकुर जब उचित नमी हवा मिलता है तो वो अंकुरित होता है अंकुरित होते होते पहले दो पत्ते फिर तीन तीन पेड़ कितना विशाल वृक्ष बन जाता है उससे कई बीज फिर निकलते हैं उसी तरह बच्चा एक बच्चा जब धरती पर आता है तो सारे गुण उसके अंदर है सारे गुण उसको क्या बनना है पूरे अगर सही नहीं मिलेगा मिट्टी हवा पानी तो कुमला जाएगा जैसे बीज को अगर डाल दिया अमकूरन भी हुआ पानी नहीं मिला तो कुमला कुंभला गया उसी तरह बच्चे विद्यालय में आते हैं सही वातावरण नहीं मिला सही तरह से उसकी शिक्षा नहीं हुई तो क्या होते हैं वो बच्चे उनके अंदर प्रतिभा होते हुए भी वो कुंभला जाते हैं बड़ा वृक्ष नहीं मन होते तो बहुत हद तक बच्चे क्या होते हैं बीज के समान लेकिन पूरी तरह से बीज के समान भी सही जैसे उजने समझने की क्षमता उसमें नहीं। नहीं।, नहीं नहीं वो कोई निर्णय नहीं लेता तो आदतें संस्कार नहीं बनती हैं लेकिन तो बच्चे होते हैं बच्चे में क्या होती है अपनी सोच होती सोच है नहीं। नहीं। तो अपना बुद्धि लगाते हैं निर्णय लेते हैं और वो तो एक आदत बन जाती है जिस माहौल में बच्चे रहेंगे, रहते रहते वैसे उनकी संस्कार बन जाती है किसी घर में जब बच्चा रहा है उस घर में आठ बजे तक लोग माँ बाप सौ उठते हैं तो बच्चा तो धीरे धीरे वही संस्कार हो जाता है वही हो किसी घर में चार तो बजे ही सभी माँ बाप सही पर बच्चे भी वही संस्कार देने में देखता है लेकिन बीज में ऐसा नहीं होना लेकिन बच्चे में ऐसा होता है तो बीज और बच्चे में क्या अंतर हुआ कि बीज में मन बुद्धि संस्कार नहीं होता है।, नहीं है और एक बच्चे में क्या होता है मन बुद्धि और संस्कार मन का क्या काम है सोचना बुद्धि का क्या होता है निर्णय लेंगे मन में दो तरह के बात आ आज स्कूल जाए कि नहीं जाए मन सहेगा छोड़ो आज भर मटिया देते हैं कोई बहना कर देंगे बुद्धि बोले कि नहीं आज सर बताएंगे गणित वाले आएंगे या चीज़ बच्चे तो समझ में नहीं आएंगे नहीं चलना चाहिए तो बच्चा फिर बुद्धि के अनुसार निर्णय लेंगे है ना और कोई भी काम को अगर वो बार बार जो तो काम को करता है देखता है सोचता है तो ऐसा वैसा क्या बन जाता है संस्कार तो बच्चे बीच से समान तो हैं लेकिन हर दिल से थोड़ा हट गया है कि में मन बुद्धि संस्कार नहीं होता है बच्चे में मन होता है सोचने समझने निर्णय करने और आदतें बनाने की संस्कार होती है हमने कहा था कि बच्चे क्या है एक बीज के समान है मैं अपनी बातों को एक तो सुधार करता हूं और यहां लिखता हूं कि बच्चे एक चैतन्य बीज के समान जो सामान्य बीज होता है पौधे को पौधे पौधों का जो तो बीज होता है वो चैतन्य नहीं होता चेतना कैसे होता है वही हो, हो गया जिसमें वन बुद्धि और ये है तो हम कहेंगे अगर ये नहीं है तो चैतन्य नहीं है ये बच्चे में होता है तीनों चीज हाँ तीनों चीज होता है ये चैतन्य चैतन बीज बच्चे चैतन्य बीज के समान हैं जिस तरह बीज में सारी प्रतिभाएं पहले से समाहित होती हैं तो कि क्या बनना है नीम का पौधा बनना है कि पीपल का बनना है कि धान का बनना है या मक्का का बनना है है कौन सा बीज में भी होता है कोई मक्का है तो छोटा कद का होता है कोई लंबा कद का होता है है ना हाँ। छोटा कद वाला जो बीज टमाटर का ही बीज हम लोग लेते हैं तो कोई बड़ा बड़ा होता है कोई छोटा होता है कोई लंबा होता है होता है ना टमा बीज सारी चीज़ें पहले से उसमें है उसी तरह बच्चे में भी बौन बच्चे को क्या बनना है वो सारे चीज पहले से ऑलरेडी उसमें संचित होते हैं बीज के समान लेकिन जो पौधों के बीज है वो चैतन्य नहीं होता उसमें तो मन बुद्धि संस्कार नहीं होते हैं लेकिन जो मानव के जो बच्चे हैं मनुष्य के जो बच्चे हैं वो क्या होते हैं चैतन्य होते हैं उसमें चेतना है। तो आज से शिक्षक के रूप में हमें बच्चों को किस रूप में लेना है चैतन्य अगर कोई पूछता है आगे से कि तो बच्चे क्या हैं किस रूप में आप बच्चे को समझते हैं तो क्या बोले क्या हम समझना हैं कि बच्चे चैतन्य बीज खाली बीज भी नहीं चैतन्य बीज के समान बीज मतलब कि क्या बनना है क्या सारी प्रतिभाएं सारे गुण पहले से उनमें निर्माण उनको चाहिए सिर्फ उचित वातावरण और चैतन्य के मतलब उनमें खुद खुद की अपनी सोच है अपनी बुद्धि है अपना मन है अपना संस्कार है और इसको समझे के हमको उनका उचित रूप से विकास हम नहीं कर सकते ठीक है तो एक शिक्षक जो बच्चे को खाली भड़ा मान के जाएगा क्लास में कोरा कारक मान के जाएगा क्लास में गीली मिट्टी मान के जाएगा क्लास में खिलौना मान के जाएगा क्लास में और एक शिक्षक जो उसको बीज मान के जाएगा अब एक शिक्षक जो उसको चाहे बीज मान तो उसका पढ़ाने तरीका क्या अलग होगा क्लास में कि नहीं बच्चों से ट्रीट करने का बच्चों से व्यवहार करने का जो ऐसा शिक्षक होगा वो बच्चों को क्या छोटा तो नहीं समझेगा वो भी सोचेगा कि ये भी चेतावनी भेजे जैसे मेरे अंदर जो ऊर्जा है बीज है वो ये बच्चे के अंदर अंतर क्या है इसका ऑर्गर अभी छोटा है इसका हाथ पैर या जो ब्रेन है वो भी विकसित नहीं हुआ है लेकिन एक बड़ा वक़्त हमसे हम भी अच्छा इसका हो सकता है तो वो शिक्षक बच्चों के साथ बराबरी से पेश आएगी एक दोस्त के रूप में एक मित्र के रूप में भाई के रूप में और जो ये मान के जाएगा कि तो कौड़ा कागज है तो जो शिक्षक क्या करेगा अपने को समझेगा यहाँ और बच्चे को समझेगा यहाँ वो समझेगा कि हम कुआं हैं और ये बाल्टी है बाल्टी। हमको इसको भरना है हर हर तो बात लपाई से भर देना है तुम चल जाओ अपना लेकिन जो ये समझेगा वो तो जाने कि पहले से इसके अंदर हम क्या भरेंगे इसे तो इसके अंदर सारी प्रतिभाएँ पहले से हैं हमको इसको भरना नहीं है बल्कि इससे लेकर निकालना है उसको यह सास दिलाना कि तुम्हारे अंदर ये है हमें वो शिक्षक क्या करेगा अपने कक्षा में उस तरह का वातावरण पैदा करेगा कि हर बच्चा अपने मन बुद्धि संस्कार के अनुसार अपने अनुभव के अनुसार वो सीखे और आगे बढ़े ठीक है तो हम समझते हैं कि आज हम लोग बच्चों के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे कि बच्चे कौन अब अगले दिन जानिए कि विकास विकास तो क्या दिल्ली का विकास रोड का विकास नारों का विकास विद्यालय भवन का विकास और बच्चों का विकास में क्या है तो ये जब जान जाएंगे तो बाल विकास हम लोग समझ जाएंगे और जब बाल विकास समझ जाएंगे तब हम लोग आएंगे शिक्षा अब बच्चों को शिक्षा देना है जब बाल विकास समझ जाएंगे तब हम लोग आएंगे कि थी शिक्षा क्या शिक्षा को जब समझ जाएंगे तब हम लोग आएंगे कि यह शिक्षा को बच्चों का कैसे तब हमारा शिक्षा शास्त्र ठीक है तो अगले दिन फिर मिलते हैं तो इस पूरी चर्चा के दौरान हमने जाना कि बच्चे क्या हैं बच्चे एक खाली घड़ा नहीं हैं जिनमें हम चाहें कुछ भी चाहें तो भर दें या उनके पास कुछ अभी अनुभव नहीं है वे कुछ भी नहीं जानते हैं या बच्चे कोरा कागज़ नहीं है कि हम जो चाहें उन्हें मन मस्तिष्क पर लिख सकते हैं उन्हें जो चाहें हम समझा सकते हैं जो चाहें बना सकते हैं या वे गिली मिट्टी के सामान नहीं है कच्चे बाँस के सामान नहीं है कि हर बच्चे को हम जो चाहें बना दें तो हमने जाना कि बच्चे हाड़ मांस के शरीर के साथ साथ या बच्चे क्या हम सभी जब बच्चों की बात करते हैं तो हम यहां बच्चों की ही बात करें कि बच्चे सिर्फ हाड़ मांस की पुतला नहीं है जो जैविक उनका शरीर है और उसके साथ साथ एक चेतन एंटिटी भी है तो हम जब कहते हैं ह्यूमन बीइंग तो उसमें दो शब्द आता है ह्यूमन और बीमिंग ह्यूमन का जो बायोलॉजिकल या जो जैविक जो शरीर है ज्ञान इंद्रियाँ हैं कर्म है, बाहरी और आंतरिक जो अंग हैं के साथ साथ एक बींग है जो कि एक चेतन ऊर्जा है और उस चेतन ऊर्जा में मन है बुद्धि और संस्कार है तो जब बच्चों की विकास की बात करेंगे तो ये शारीरिक विकास के साथ साथ उनके मस्तिष्क के विकास के साथ साथ उनके मन बुद्धि और संस्कार के विकास की भी हम लोग को बात करनी होगी तो ये मन बुद्धि और संस्कार का विकास क्या होगा किस तरह से होता है हमारे सिलेबस में किस तरह से समाहित किए गए हैं इन चीज़ों को इसे हम लोग अगली कड़ी में जानने का प्रयास करेंगे तो तब तक के लिए धन्यवाद और मैं चाहूँगा कि अगली कड़ी में भी हम और आप मिलेंगे और इसके बाद इस कंटेंट को देखने के बाद जो कमेंट बॉक्स है उसमें आकर आपका वह मूल्य जो सुझाव होगा या आपके जो प्रश्न होंगे वो मिलजुल कर एक सामूहिक रूप से हम सभी को लाभान्वित करेगा समृद्ध करेगा और हमारा पेशेवर जो क्षमता है उसे बढ़ाएगा और जिसका अंततः लाभ बच्चों को मिलेगा तो आज शिक्षक दिवस के अवसर पर बच्चों का एक तरह से हमारी ओर से गिफ्ट होगा वो वो जो हमारे वो, हमारे प्रति जो सम्मान उनका है आदर है उसका एक रिटर्न गिफ्ट हम लोग दें आज से इस मुहिम को शुरू करके और इससे लाभ उठा करके धन्यवाद धन्यवाद बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित हम लोगों ने जाना कि बच्चे क्या हैं अब अगली कड़ी में हम जानेंगे कि बच्चों का समग्र विकास क्या है जुड़े रहिए निश्स के साथ